हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो इस और एक नया वीडियो के साथ जैसे कि आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा उसी में से और एक जो बेहतर और बहुत फेवुलस जो चल रहा है मार्केट में सीबाइनो उसकी अर्निंग के बारे में आज बात करेंगे आप अगर घर बैठे अर्निंग करते हो बहुत सारे करेंसी है क्रिप्टो करेंसी उसमें से रिलेटेड सी जो है आ, मार्केट में बहुत सारा धूम मचा रहा है बहुत सारा चल रहा है ठीक है उसका माइनिंग साइड बहुत जैसा पी साइड या पी साइड जहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो लेकिन अर्निंग का लिए करने के लिए सबसे बेस्ट मैं तो मेरे को लगता है आपको तो पता होगा जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है ऑलरेडी यूट्यूब में तो उसी के रिलेटेड और एक वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ जहाँ से आप लेजिट 100 परसेंट मतलब सीरोली कमा सकते हो महीने में 30 से चालीस हज़ार तो क्या स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा आपको कैसे काम करना है इसका लिंक जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो आप जहाँ वहाँ पर जाके आप उसको साइनअप कर सकते हो साइनअप करने के लिए जस्ट आपको आपका ई आपका यूज़र नेम बनाना है और एक पासवर्ड आपको चूज़ करना है ठीक है जैसे आप उसको क्रिएट कर लेते हो तो आपका सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ठीक है आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा अर्निंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आप अगर मतलब इजीली अर्निंग करना चाहते हो तो पीटीसी साइट यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो ठीक है यहाँ पे थ्री डॉट है थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा पी साइट ओके जैसे आप पी टी क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ऐड देखना है ऐड देखने के लिए आपको कम से कम पाँच से छः हज़ार पर एड कर देगा लेकिन उसका टाइमिंग कुछ रहेगा जैसे कि पंद्रह सेकेंड बीस सेकेंड तीस सेकेंड ऐसे कुछ टाइमिंग रहेगा उस टाइमिंग को आपको कंप्लीट करना है उसके बाद आमे नॉट रोबोट उसके बाद उसको क्लिक करना है उसको आपका जो बैलेंस है पाँच हज़ार या दस जो भी सी है उसको आपके अकाउंट में एड हो जाएगा ऑटोमेटिकली सो बस चलो मैं दिखाता हूँ थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है सो गायस यहाँ से आप देख सकते हो कि आ, आ, बहुत सारे यहाँ पे साइट है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो लेकिन उसमें से सबसे इजी जो है अपना यहाँ पे लगता है पीटीसी साइट जहाँ से आपको ऐड देख के आपका सीवाई नो पाँच से दस हज़ार पर मतलब सेकेंड तीस सेकेंड चालीस सेकेंड का ऐड रहता है उस ऐड को कंप्लीट करके आप यहाँ पर अच्छी खासे अर्निंग कर सकते हो तो आप जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने भी स्टार्ट किया दो से तीन दिन हो गया मेरे को ठीक है तो आप अगर पर डे दो लाख तीन लाख मतलब सीबा इन कमा सकते हो आपकी हार्डवर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है आप अगर यहाँ पे अच्छे खासे काम करते हो तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉपिक मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक ऐड दिया हुआ है यहाँ पे इसका जो टाइमिंग है पंद्रह सेकंड है इसको आपको कम्प्लीट करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो आपका सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक टाइमिंग क्रिएट होगा ठीक है टाइमिंग मतलब जो है डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली बारह तेरह नौ दस करके तो जैसे कि पंद्रह सेकंड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक कैप्चर आएगा वहाँ पे आपको फिल करना है ठीक है तो जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कैप्चर आया है जहाँ अमेरट यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद नीचे यहाँ पे वेरीफाई हो जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हो तो एक से दो सेकेंड टाइम लेते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हो हैज गुड जॉब फाइव थाउजेंड टोकन हैज़ बिन एडिड टू योर बैलेंस सो गैस यहाँ पर ऐसा करके आप अच्छी खास से अर्निंग कर सकते हो रोज का ठीक है यहाँ पर कम से कम एक सौ दस एड दिया हुआ है जैसे आप स्टार्ट करते हो उसके बाद uh, आपका धीरे धीरे धीरे धीरे ऐड जो है यहाँ पर बढ़ती जाएगा ठीक है और ऐड का जो टोटल अमाउंट यहाँ पर देख सकते हो एट्टी uh, फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी मतलब टोकन है और भी यहाँ पे बहुत सारे कमाने का रास्ता है जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टास्क है टास्क कंप्लीट कर सकते हो लॉटरी मतलब ले सकते हो यहाँ पे शॉर्ट लिंक है शॉर्ट लिंक कर सकते हो माइनिंग भी है माइनिंग कर सकते हो यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कमाने के लिए मेरे को लगता है सबसे बेस्ट मेथड जो है यहाँ पर दिया हुआ है अर्निंग करने के लिए आप अगर यहाँ पर आ, मतलब हार्ड वर्किंग करते हो जो एड है या फिर जो भी टास्क है यहाँ पे दिया हुआ है आप अगर इसको कंप्लीट करते हो तो रोज़ का आपको कम से कम चार से पाँच लाख सिवाय नो आपको आराम से यहाँ पे कमा सकते हो ठीक है सो so गाय से यहाँ पे आप और एक चीज़ देख सकते हो जैसे कि विदड्रो का ऑप्शन में अगर बात करूँ तो विदड्रो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है मतलब डेढ़ करोड़ तो डेढ़ करोड़ की मैं बात करूँ पर इंडिया प्राइस की तो कम से कम तीस से चालीस होता है ठीक है तो मेरा कम से कम 12 से 13 लाख हो गया है यहाँ पे बारह लाख चालीस हज़ार टोकन हो गया है और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया है ठीक है एक टोकन जो है यहाँ पे एक सिवा है यहाँ पे आप देख सकते एक एक हो एक टोकन एक सिवा ठीक है तो यहाँ पे मिनिमम जो विदड्रॉ दिया है यहाँ पे 1.5 करोड़ ठीक है तो आप अगर दो या चार लाख पर डे कमाते हो तो एक महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है ठीक है और इसका जो प्राइस है तो प्राइस के बारे में हम बात करेंगे ठीक है डेढ़ करोड़ का अगर बात करूँ तो अभी का जो प्राइस है उसके हिसाब से 30,870 रुपए होता है ठीक है तो इसका रेट जो है एक महीने या दो महीने के अंदर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है लेकिन आपको इसके यहाँ पे अर्निंग करना है अर्निंग करने के बाद जो है बिनेंस या आपके पास ट्रास्ट वॉलेट होगा तो ट्रास्ट वॉलेट पे आपको ये जो है यहाँ पे विड्रॉ लेना है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊँगा इसको कैसे विड्रॉ लेना है और कौन सा एड्रेस आप एड्रेस से ले सकते हो ठीक है जैसे कि ई हो गया या सी जो डायरेक्ट वॉलेट होता है या ब्लॉक ब्लॉक में ले सकते हो कि नहीं कॉइन में ले सकते हो नहीं नहीं ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा क्लियर करके बताऊंगा ठीक है यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से आप विड्रॉ ले सकते हो लेकिन और भी सारा अपडेट आएगा ठीक है जहाँ पे आप मतलब विदड्रॉ लेने के लिए बहुत आसान होगा यहाँ पर देख सकते हो प्लीज़ यूज़ ऑनली बीन स्मार्ट चेन वालेट एड्रेस एंड मेटामास ट्रास्ट वालेट ठीक है तीनों में से आप कोई भी एड्रेस वहाँ से लेके यहाँ पर पेस्ट करना है और इसका जो अमाउंट है जब ये अमाउंट आपको यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हो ठीक है जो एड्रेस है यहाँ पर पे पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक करना है तो कम से कम दो से तीन दिन टाइम लेता है आपका जो बैलेंस है वो वहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा ठीक है तो सोगाइ आई होप आपको अच्छा लगा ठीक है और ये जो है बहुत अच्छी मतलब साइट है जहाँ से आप मतलब पर डे दो से तीन हज़ार कमाने का चांस आपको दे रहा है ठीक है तो नाम मिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो बंदे क्रिप्टोकरेंसी के बारे में नहीं पता और अर्निंग करना मतलब चाहते हैं बिगिनर है ठीक है तो उसको आप थोड़ा तो समझाइए इसको जैसा ऐसा करना है ठीक है अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं समझ में तो भी उसको थोड़ा मतलब ट्रेनिंग देना है ट्रेनिंग देने के बाद जो है बंदा अच्छे खासा अर्निंग कर सकते हो तो ऐप गैस आपको अच्छा लगा और अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना एक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना दोस्त लोगों के साथ थैंक यू सो मच गैस एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर तब तक टाटा बाय बाय